सो so गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल को एक साल हो चुका है एंड गाइस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपने हमारे साथ एक साल की जर्नी कंप्लीट करी है सो so गैस इस वीडियो में मैं आप बस आपको अपने आज चैनल के बारे में और कुछ रिक्वेस्ट है मेरी आपने टाइटल और थमनेल देख ही लिया हुआ तो आज मैं आपको उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे बातें करेंगे तो सो गैस यहीं पर हम वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड ब्रांड। है।, ब्रैंड है ब्रैंड। so guys, ये देखो मैं आपको अपना ये दिखा रहा था अभी एनालिटिक्स तो देखो हमारे चैनल को बनियर के यहाँ पे भी शोर है और करंट फैबर हमारे सिक्सटी फोर है कि पहले कुछ और दिखा रहा था अभी बढ़ गया होगा कोई नहीं हमारी एक नई वीडियो आ चुकी है अभी थोड़ी देर पहले ही डाली थी होप इस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आई क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था सो so, ऐसा देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स माइनस थ्री वॉच टाइम हमारा जीरो पॉइंट नाइन सेकेंड्स एंड व्यूज हमारे फोर्टी टू ठीक है सो ये देखो ये चीज देख रहे अभी हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये तो हालांकि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने काफ़ी श... मतलब लोगों को बोला कि मेरा चैनल शेयर करे तब जाके थोड़ा ये ऊपर टॉप पे गया था मैंने तो नीचे ही था सो वैसे ये है हमारा मतलब किस किसने ज़्यादा देर तक हमारी वीडियो देखी किसने नहीं मतलब जैसे हमारी ऑडियंस जो है वो वीडियो कितनी देर तक देखते हैं यहाँ पर साफ दिख रहा है मेरे को सो मेरी लेटेस्ट वीडियो बहुत लंबी बनाई थी मैंने हालांकि सत्रह मिनट के आसपास की थी फोर्टी सेवन से लोगों ने ठीक है वैसे मैं आपको दिखाता हूं। अपने कंटेंट्स में मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या सा है। मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे इसमें कोई चीज दिखाता हूँ सो so वैसे थी हमारी पहली वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के लिए कॉपीराइट जो है लिया था बट जिससे मैंने जिसपे आपके लिए कॉपी लिया तो आपने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया एट कमेंट्स एंड सेवेंटीन लाइक्स सो पहली वीडियो पे सेवेंटीन लाइक्स आना मतलब थोड़ी अच्छी बात होती है चैनल के लिए सो ये हमारा सेकंड वीडियो थर्टीन लाइक ट्वेंटी वन थर्टीन एट इलेवन ऐसे चलते गए चलते गए आने लग हमारे फोर सिक्स फिफ्टीन थर्टीन राज आज हमारे बताए कितने आ रहे हैं गाइज़ ये देखो ये आ रहे है हमारे थ्री थ्री सिक्स फोर सिक्स थ्री सेवन फाइव और मैं आपको मज़ेदार बात दिखा दिखाता हूँ देखो हमारी ये जो सी एडियम मैंने डाली थी सिद्धू मूसे वाला पे टू नाइन फाइव सोम जो था और इसमें हमारे व्यूज गाइज कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही आ गए थे गाइज मज़ा मज़ा आ गया ये देख के सो थैंक यू गाइज मतलब जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट दिया है बट मेरे को थोड़ा सा आई I मीन mean, मतलब चैनल को एक साल हो गया है हमारे हंड्रेड सब्सक्राइबर भी जो है सो so, मतलब थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए होगा ना है ना गाइज़ तो so, अब मैं आपकी बस एक ही चीज़ की बहुत वेट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे वन के सब्सक्राइबर्स कराओ तो मैं अपना फेस रिविल करूँगा टू के सब्सक्राइबर कराओगे तो मैं आर्यन का फेस रिविल करूंगा हम दोनों का साथ में फेस रिविल करवाना है तो आप वन नहीं आपको ज़्यादा दे दिया टारगेट आई थिंक सो अगर आपको हम दोनों का साथ में देखना ना बहुत जल्दी तो मैक्सिमम आपको टू हंड्रेड सब्सक्राइबर्स है गाइज़ इस महीने नहीं तो इन दो महीनों तो, में आपको करवाना ही गाइस प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे नवम्बर से पहले मेरे हंड्रेड से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना गाइज़ मैं आपके लिए एक आपको मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ वाली वीडियो जो है वो अभी भी एडिट होके रखी हुई है बट आप समझ रहे होंगे कि सरप्राइज सरप्राइज होता है जब तक मेरे हर एक यूट्यूबर का ट्रीम होता है कि उसके इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो कराओगे तो आप ही ना आप कराओगे तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ है हमने सो वही मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप लोग करोगे तो प्लीज़ 200 सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर सुन गाइस आई वो अब मेरी अब मेरी बात को समझ रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस और बस आपको अपने यूट्यूब चैनल के हमेशा बस आप 100 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा करवा दो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस बाय बाय एंड ये हमारे जरा हेड मास्टर की आवाज़ सुन जाना प्लीज़ सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और गाइज एक चीज में हमें हेल्प करो आप हमें ये बताओ कि हम आपको कमेंट्री में किसकी वॉइस चाहिए मेरी या फिर लक्षित की और गाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम दोनों साथ में फ्री फायर खेलें और दोनों अपनी कमेंट्री दें